जय हिंद दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे तथा बोर्ड एग्जाम में उससे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो संधारित को प्राय हम लोग दो प्रकार के क्रम में जोड़ते हैं एक जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में एक जोड़ते हैं समांतर क्रम में तो पहले आइए हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं तो संधारित का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है दो तार आपस में इस प्रकार से समान रूप से जुड़े नहीं होते हैं अलग अलग होते हैं तो यह होता है संधारित का कुछ इस प्रकार से होता है तो पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला, क्योंकि हमें इस पे न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है तो हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो पहला क्या हो जाएगा जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आइए हम लोग इसे देखते हैं तो मान लीजिए एक संधारित्रिया हुआ एक संधारित्र संधारित्रिया एक संधारित्र संधारित्रिया एक संधारित्रिया श्रेणी क्रम क्या होता है ऐसे��... ऐसा क्रम जिसमें संधारित्र का पहला संधारित्र का पहला भाग संधारित्र का पहला भाग बैटरी के धनात्मक भाग से तथा संधारित्र का दूसरा भाग दूसरे संधारित्र के पहले भाग से तथा दूसरे संधारित का दूसरा भाग तीसरे के पहले भाग से तथा तीसरे का अंतिम वाला भाग चौथे के प्रारंभिक भाग से तथा चौथे संधारित का अंतिम भाग बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम में जुड़ना कहते हैं आप लोग एक बार फिर से जान लीजिए अगर पहले संधारित्र का पहला भाग बैटरी के धनात्मक सिरे से दूसरा भाग दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग चौथे संधारित्र के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग डायरेक्ट बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के क्रम को संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं तो आप लोग समझ गए अब इसके लिए सूत्र क्या होता है 1 1 1 1 फॉर्मूला होता है प्लस वन अपान सी फोर इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आपके प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधारित मान लीजिए इसकी धारिता सी वन इसकी धारिता सी टू इसकी धारिता सी थ्री इसकी धारिता सी हो तो इसके लिए सूत्रिया होता है अगर अनंत संधारित जुड़े हो तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा one, one two, डाट डाट डाट डाट डाट डाट वन अपान सी बराबर वन अपान सी वन प्लस लिए हो गया अगर अनंत संधारित जुड़े हो तो यह हो गया अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं इसमें अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो दूसरा क्या हो जाएगा समांतर क्रम में जुड़ा हो समांतर क्रम में जुड़े हों समांतर क्रम में जुड़े हो तो समांतर क्रम कैसे होता है जैसे मान लीजिए एक संधारित्रिया हुआ एक संधारित्रिया हुआ एक संधारित्रिया हुआ अभी जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये कुछ इस प्रकार से संयोजित होंगे तो अब यहां से क्या होगा बैटरी के धनात्मक व ऋणात्मक भाग से ये जुड़े रहेंगे तो यह हो गया आप मान लीजिए इसकी धारता सी इसकी धारिता सी इसकी धारिता सी तो यह क्या होता है ऐसे संधारित जिसका पहला सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समानता क्रम में संयोजन कहते हैं इसके लिए फार्मूला क्या होता है C बराबर <coughs> C1 वन प्लस सी प्लस सी यह इसका फार्मूला हो गया या होता है प्रतिरोध का उल्टा इसका सभी प्रकार के फार्मूले होते हैं तो या हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े हो या हो गया समानता क्रम में जुड़े हो और अगर इसमें प्रतिरोध जुड़े हों हो, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा सी बराबर सी वन प्लस सी टू डॉट डॉट डॉट सी एन तो इस प्रकार का इसमें फार्मूला हो जाएगा तो नॉर्मली हम लोगों को इन्हीं फार्मूले को देखना है तथा अब हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे होता है तो अब जैसे मान लीजिए यह फॉर्मूला मिल गया अब इसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए अगर यहां पर इसके लिए एक फार्मूला बना रहे हैं अगर कभी भी संधारित में अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित जुड़े हो श्रेणी क्रम अगर दो संधारित जुड़े हो तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला सी बराबर होता है सी वन इंटू सी या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्योंकि अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे तब पर भी यही आएगा तो हमें इसे डायरेक्ट ध्यान देना है ताकि जो बोर्ड एग्जाम में हमारा आने वाला समय जो हमें समय मिले वह ज्यादा लॉस ना हो यह कब लागू होगा जब केवल दो कैपेसिटर जुड़े हुए हो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संधारित हो गया एक हुआ, एक हुआ, हुआ, तथा ये दोनों किससे जुड़े जुड़े हुए है? में जुड़े हुए हैं? हैं। क्रम में इसके इसके अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे प्लस C2, तो इसका ऐसे करेंगे वन अपान सी बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे सी टू प्लस सी वन अपान सी वन इंटू सी टू तो अब यहाँ एक बटा सी है और अगर इसे सी में करेंगे तो यह पलट जाएगा तो बराबर हो जाएगा सी वन इंटू सी टू अपन सी वन प्लस कर सकते हैं ना तो इसके लिए यहां पर वही फार्मूला आया तो यहां पर हमने एक स्टार्ट ट्रिक बना दिया है तो इससे हम लोगों को जो हमारा एग्जाम में टाइम रहेगा उस हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा टाइम है वह भी बच जाएगा तो यह फार्मूला अगर दो संधारित जुड़े हो तो हमें यह अप्लाई करना है आपके एग्जाम में हमेशा दो संदारित्री दिया क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो हमेशा इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत उत्तर ला देंगे तो आइए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इस पे तो मतलब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ ऐसे तीन संधारित दे दिए जैसे मान लीजिए इसकी धारिता हो गई चार हो गया इसका आठ हो गया इसका सोलह हो गया माइक्रोफर माइक्रोफेराइड माइक्रोफर अब पूछा है इसके तुल्य धारिता बताइए तो यहाँ किसमें जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दो है नहीं नहीं तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला तीन है तो इसे हम लोग वैसे ही निकालेंगे कितना दिया है चार मान लीजिए सी वन हो गया या सी टू हो गया या सी थ्री हो गया सी वन का मान कितना दिया है चार प्लस वन का मान कितना दिया है आठ प्लस वन अपान सी थ्री का मान सोलह अब इन तीनों का यम निकालेंगे तो पूरे का बटा हो जाएगा सोलह अब यहाँ पर चार है चार का कितनी बार गुड़ा करें कि सोलह आ जाए तो चार चौक सोलह क्या आ जाएगा चार आ जाएगा प्लस अब यहाँ पर आठ 8 है आठ दूना सोलह तो यहाँ पर दो बार आएगा तो ऊपर हमेशा दो का गुड़ा प्लस अब यहाँ पर सोलह है सोलह एकनम सोलह तो यहाँ पर एक हो जाएगा अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार दो छह बराबर सात यह क्या आ गया वन अपान सी वन अपान बराबर सात बटा सोलह अब हमें क्या निकालना है सी का मान निकालना है तो यह ऊपर चला जाएगा तो यह भी ऊपर चला जाएगा यह नीचे चला जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा सोलह बटा सात यह हो गया इसका तुल्य धारिता तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए एक संधारित रिया हुआ एक संधारित रिया हुआ और अब यहां पर क्या पूछा तुल्य धारिता पूछ रहा है अब मान इसका बांध दे दीजिए आठ माइक्रोफर यहां पर इतना हो जाएगा सोलह बटा सात माइक्रोफर यहां पर दे दिए आठ माइक्रोफेराइड यहां पर दे दिए नौ माइक्रोफेराइड और यहां पर दे दिए तीन माइक्रोफाइरोड तो अब हम लोग इसे कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमें नॉर्मल फार्मूला पता है सी बराबर हो जाएगा सी वन प्लस, C2 प्लस C3. तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 का मान कितना है आठ C2 का मान नौ C3 का मान तीन तो C बराबर कितना हो जाएगा नौ तीन नौ तीन बारह बारह आठ बीस तो कितना हो जाएगा बीस माइक्रोफर हो जाएगा इसका मान तो आशा करते हैं अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन मिले श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं तो अब आइए हम लोग मिश्रित क्रम देखते हैं श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम में भी रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं यह भी प्राय इनका मतलब समय ही है इस प्रकार के क्वेश्चन का पूछना तो आइए अब हम लोग समांतर क्रम में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यह पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड दो में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड दो में तो अब इसमें क्या होगा इस प्रकार से दिया है तो हम लोग इसमें पहचानेंगे ये वाला ये ये तीनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों समांतक्रम में तो समानता क्रम वाले को पहले हल करते हैं यहां से ये दोनों समांत क्रम में है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा 9 प्लस वन बराबर टेन माइक्रोफर क्यों क्यो? क्योंकि समांतक्रम का फॉर्मूला होता है सी बराबर सी और यहाँ पर दो संधारित रहे तो एक का मान हुआ एक का मान हुआ दस मिलकर कितने हो गए दस माइक्रोफाइराइट अब आइए हम लोग नेक्स्ट रचना को बनाते हैं इसका नेक्स्ट चित्र को बनाते हैं तो अभी अभी इससे जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में और यह डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा दो सौ बीस बोल्ट के संभर से जुड़ जाएगा यहां पर इसका कुंजी हो गया और यह जुड़ गया दो सौ बीस यह हो गया अब इसका मान कितना हुआ इसका मान हुआ चार इसका मान हुआ दस दो इसका मान हुआ दस इसका मान हुआ चार तो अब यह सभी किस में जुड़ गए श्रेणी क्रम में तो आइए श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1 सी वन की जगह पर यहां पर है चार तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपान चार प्लस अब यहाँ पर सी टू है सी टू का मान है दो तो वहां पर हो जाएगा वन अपान दो यहां पर फिर कितना है दस है तो यहां पर हो जाएगा एक बटा दस प्लस अब यहां पर कितना हो जाएगा एक बटा चार तो एक बटा हो गया चार तो अब हम लोग इसे जोड़ देंगे वन पांच सी बराबर पूरे का एलसीएम निकालेंगे पूरे का एलसीएम निकालेंगे तो अगर इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा चार दूना आठ धाम में अस्सी तो तो तो दोस्तों अगर हम लोग इसका LCM निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे आएगा 20 तो यहां पर कितना हो जाएगा कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए तो चार पंजे 20 तो यहाँ पर हो जाएगा पांच प्लस यहाँ पर है दो दो का कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए दस बार तो यहाँ पर हो जाएगा दस प्लस यहाँ पर है दस दस का दो बार गुड़ा करेंगे बीस हो जाएगा यहां पर है चार चार का पांच बार गुड़ा करेंगे तो बीस हो जाएगा तो टोटली कितना आएगा दस पांच पंद्रह पंद्रह दो सत्रह सत्रह पांच तेईस तो यहां पर हो जाएगा तेईस बटा बीस तो अब यहां पर है वन अपान सी बराबर तेईस बटा बीस तो सी बराबर कितना हो जाएगा बीस बटा तेईस माइक्रोफर या इसका क्या हो गया एंसवर हो गया या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ऑप्शनल क्वेश्चन था 20 बटा तेईस दिया था तो सोचिए एक नंबर बिना इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा अगर जैसे इसमें है अगर आप लोग समझ गए तो आसानी से निकाल सकते हैं तो अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें अब हम लोग अलग क्वेश्चन को देखेंगे तो तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला यह अभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन थे 2017 में यूपी बोर्ड 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो आप इसे हम लोग कैसे हाल करेंगे तो इसमें देखिए ये दोनों किस्में है श्रेणी क्रम में ये दोनों किस्में है श्रेणी क्रम में तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर श्रेणी क्रम में और दोस्तों आप लोग याद कीजिए अगर श्रेणी क्रम में दो हो तो इसके लिए सूत्र क्या है सीवन इंटू सी टू अपान सीवन प्लस सी टू तो यहां पर कितने हैं दो संधारित हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा दो गुड़े पांच अपान बराबर हो जाएगा दस बटा और यहां पर भी वही होगा तो यहां पर भी हो जाएगा 10 बटा सात आसानी से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो दिए हैं तो आसानी से हम लोग निकाल देंगे अब आइए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम लोग तो नेक्स्ट में या कुछ इस प्रकार से बनेगा या कुछ इस प्रकार से बनेगा क्योंकि वे सभी श्रेणी क्रम में थे अब ये सभी जुड़ करके किस में आ जाएंगे समानता क्रम में और यहां पर जाकर के बैटरी से जुड़ जाएगा अब इसका मान कितना है इसका मान है दस बटा माइक्रोफेराड माइक्रोफेराड इसका भी मान है दस बटा सात माइक्रोफेराड अब एक इसमें है समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है सी बराबर सी वन प्लस सी टू तो सी बराबर यहां पर कितना है दस बटा सात प्लस दस बटा सात तो कितना हो जाएगा सी बराबर बीस बटा सात या आपके एग्जाम में पूछा गया था ऑप्शनल क्वेश्चन यहां भी था तो यहां पर ऑप्शन दिया था बीस बटा तो वहां पर सही था तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अब आइए हम लोग कंपटीशन लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए उसे हम लोग हल करते हैं दोस्तों तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लेवल के एग्जाम के बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है तो आइए पहले क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फिर इसके बाद इसे हल करते हैं तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है प्रायः दोस्तों हम आपको बता दें यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लायक नहीं है यह सभी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन नीट जे इत्यादि वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम लोग आइए इसे हल करते हैं जब सब कुछ मिल ही रहा है तो छोड़े क्यों तो आइये इसे हम लोग हल करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से और यहाँ पर क्या दिया है सोलह माइक्रोफर यहां पर चार माइक्रोफर यहां पर है आठ माइक्रोफर और यहां पर है दो माइक्रोफेराड और बीच में से यहां पर जुड़ा है एक इसका मान नहीं दिया है तो दोस्तों अब आइए इसे हम लोग कैसे हल करते हैं आइए हम लोग इसे जानते हैं तो इसे हल करने के लिए देखिए पहले किसमें किस प्रकार के क्रम में दिख रहा है आप लोगों को एक क्रम याद आ रहा होगा अभी इंटर का है यह जुड़ा है विहिट स्टेंस के रूप में विहिट स्टेंट के रूप में तो यहाँ पर क्या होगा इसमें अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप सभी को तो इसमें क्या करना है क्योंकि अभी तो मिलने वाला नहीं है जब आप लोग बोर्ड एग्जाम के से भी हाई लेवल की पढ़ाई करेंगे तो इसमें मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन श्योर है मिलेगा तो आप लोग जानते रहेंगे पहले से ही तो आसानी से हल कर लेंगे तो यह आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक है संधारित पे ज्यादा कठिन नहीं अभी देखिए कैसे आएगा बस समझना है माइंड लगा के समझना है पूरा समझ में आएगा विश्वास करो तो अब देखिए अगर यहां पर इस प्रकार से दिया है तो हमेशा हमेशा इसमें जो बीच वाला संधारित होता है इससे कोई मतलब नहीं होता हमेशा इसे छोड़ देते हैं कभी भी अगर समा अगर कभी भी हेतु के रूप में जुड़ा है और अगर बीच वाला कोई भी इस प्रकार से संधारित चाहे उसका मान चाहे जो भी हो हमें उस पर हमें हमेशा उसे काट देना है तो इस वाले को काट देना है हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब केवल किनारे किनारे पर हमेशा दोस्तों हमेशा यह नियम हमेशा लगेगा तो अब आइए इसे हम लोग हल करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में ये दोनों श्रेणी क्रम में आपके बोर्ड एग्जाम के जैसा बन गया जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं तो यहाँ पर दो श्रेणी क्रम में है तो इसके लिए मैंने सूत्र आपको क्या बता, बताया था C1 इंटू सी टू अपने प्लस सी तो यहाँ पर हो जाएगा दो गुड़े आठ बटा दो प्लस काट देंगे यहां पर हो जाएगा सोलह दो से काटेंगे तो दो अठे सोलह और यहाँ पे दो पंजे दस बराबर हो जाएगा आठ बटा पांच और यहाँ पर क्या दिया सोलह बटा चार सोलह तो अब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा सोलह चार अपान सोलह प्लस चार तो बराबर सोलह चौका चौसठ प्लस सोलह चार बीस तो इसे भी दो से काट देंगे दो तीन छह दो दो न चार दो इकन्नम दो दो फिर दो से काट देंगे दो एक दो दो छंग बारह यहाँ पे दो पंजे दस बराबर हो जाएगा सोलह बटा तो अब इसका नेक्स्ट क्रम क्या होगा तो नेक्स्ट क्रम में ये जुड़ जाएंगे स्रे, क्रम में नहीं समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से तथा इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे तो अब यहां पर क्या हुआ इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे इसका मान कितना हुआ वहां से निकला आठ बटा पांच इसका मान कितना हुआ यहां से मिला सोलह बटा पांच अब कैसे में हो गई है ये हो गए समांतर क्रम में तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है सी बराबर सी वन प्लस क्या हो जाएगा सी वन का मान कितना है आठ बटा पांच प्लस सी टू का मान कितना है सोलह बटा पांच तो जोड़ देंगे इसे तो सी बराबर कितना हो जाएगा सोलह आठ चौबीस बटा तो यह हो गया मान संधारित का यही पूछा गया था सोचिए नेट जैसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इसे आसानी से लगा लेंगे आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं तो, तो दोस्तों अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं तो दूसरा सवाल दिया है। यहां पर है एक, तथा तीन संधारित जुड़े हैं एक संधारित दो संधारित तीन संधारित यहां पर हुआ बी तथा एक यहां से जुड़ा है ऐसे और एक यहां से जुड़ा है ऐसे तो दोस्तों आप आइए देखिये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है टफ नहीं है तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए यहां पर ए है यहां पर A है तो इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह A होगा तो यहां पर भी A होगा तो A वाली धारा इस तार के द्वारा यहां पर भी जा रहा है ना तो यहां पर भी A धारा प्रवाहित होगा समझ में आ रहा है ना यहां से गई धारा अभी इसमें मान लीजिए A धारा प्रवाहित हो रही है तो याद A धारा यहां पर भी जाएगी इस तार के द्वारा यहां पर भी जाएगी ना तो यह होगा ए और यहाँ पर है बी तो यहाँ पर भी हो जाएगी बी धारा अब बी धारा इसकी द्वारा प्रवाहित होते हुए यहां पर चली जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगी बी यह है क्वेश्चन हल करने का मेथड टफ नहीं है दोस्तों देखिए अब यहाँ से धारा प्रवाहित होगा ए के रास्ते होते हुए इधर आएगा यहाँ पर भी ए होगा यहां से होते हुए यहां पर भी आएगा यहाँ पर भी बी होगा तो अब यह नेक्स्ट आगे कैसे हल होगा तो अब देखिए A B B A A B अब एक बिंदु हम लोग लेते हैं यहाँ पर A एक बिंदु लेते हैं B देखिए दोस्तों यह मेथड आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा लेकिन यह बहुत ही अच्छा है बस आपको समझना है समझने से सब कुछ आ जाएगा तो अब यहाँ पर A है यहां पर B अब देखिए A बी व B के बीच में एक संधारित तो यहाँ पर हो जाएगा एक संधारित हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे फिर से ए व बी के बीच में एक संधारित तो आप लोग सोचिए फिर से यहाँ पर इसके ऊपर तो बनाया नहीं जा सकता तो मतलब यह कौन से क्रम में होगा समांतर क्रम में बोल रहा है तो फिर यह ऐसे जुड़ जाएगा देखिए क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ए व बी के बीच में तो ए व बी के बीच में इसके ऊपर नहीं होगा मतलब इससे पता चल जाएगा समांतर क्रम में क्वेश्चन का रहा है फिर से देखिए ए व बी के बीच में तो यहां पर भी क्या हो जाएगा ए व बी के बीच में हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए व बी के बीच में ए व बी के बीच में मतलब समांतर क्रम में अब इसका इसका मान मान कितना दिया है? इसका मान दिया है है तो तो पर भी हो जाएगा दो, दो, दो. तो अब यह किसमें हो गया समांतर क्रम में हो गया तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस C3. तो सी बराबर क्या हो जाएगा सी का मान दो प्लस दो C बराबर कितना हो जाएगा अच्छा यह हो गया आसानी से इसका एंसर बस क्वेश्चन को हमें समझना है बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया और अगर अब आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है यह भी शायद ऐसा ही है हाँ इसमें चार शानदारिधी है तो आइए कोई बात नहीं हम लोग हल करते हैं हल करना हमारा काम ही है तो यह हो गया यहां से एक जुड़ा है कुछ इस प्रकार से और एक यहां से जुड़ा है और यहां पर है बी यहां पर है ए तो दोस्तों देखिए अब यहां से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है ए तो यहां पर भी क्या हो जाएगा ए तथा इसी के थ्रू होते हुए यहाँ पर भी धारा ए प्रवाहित होगा तो यह हो गया ए और यहाँ पर धारा प्रवाहित होगा बी लेकिन अब भी धारा इसके आगे नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके बीच में गैप है और गैप में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है तो धारा बी केवल यहीं तक रहेगी अब इसके इधर हम लोग अपने मन से कुछ मान लेते हैं जैसे मान लीजिए हमने माना है पर सी धारा प्रवाहित हो रही अपने मन से माना है कुछ भी इसमें नहीं करना है तो यहाँ के रास्ते से होते हुए सीधारा इधर तक चली जाएगी तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन को मेथड के द्वारा आसानी से हल करना है तो इसके लिए हमें यह टेक्निक अपनाना पड़ेगा अब यहां पर यहां पर तो तार था ए में जुड़ा था यहां से तो ए के द्वारा आसानी से प्रवाहित हो गया लेकिन बी वाले में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था तो बी वाला धारा यहीं तक प्रवाहित हो रहा है तो हमने इसे अपने मन से मान लिया कि मान लिया हमने की यहाँ पर सी धारा प्रवाहित हो रहा है तो सी धारा इस तार के द्वारा होते हुए यहाँ तक चली आई है तो अब हम लोग इससे कैसे हल करेंगे तो अब हम लोग तीन बिंदु लेते हैं A, C और B. मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया A ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया B ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया C ले लिया तो आप देखिए A ए C के बीच में संधारित ए C के बीच में संधारित एक संधारित हो गया फिर से C और A. मतलब A व C के बीच में फिर से संधारित तो फिर से A व C के बीच में संधारित तो दोस्तों याद करिए या कौन सा क्रम बता रहा है यह कह रहा है समांतर क्रम तो फिर से इस प्रकार से इसमें हो जाएगा फिर से कह रहा है ए एवं सी के बीच में तो फिर से हम लोग इसमें इस प्रकार से जोड़ देंगे ए सी के बीच में। अब क्या कह रहा है सी व बी के बीच में तो सी व बी के बीच में एक संधारित्र यहां पर जुड़ जाएगा देखे दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा अब यह एकदम आसान हो गया ऐसे था थोड़ा टफ लग रहा था लेकिन हम लोगों ने मेथड के द्वारा उसे समझा आसानी से समझा और एकदम आसान हो गया अब यह तो हल करने लायक हो गया है अब इसका मान कितना दिया है इसका मान दिया है दो दिया है इसका एक दिया है इसका तीन दिया है इसका चार दिया है तो अब ए व सी के बीच में दो ए व सी के बीच में एक ए व सी के बीच में तीन और इसका मान चार तो अब आइए हम लोग इसे हल करते हैं तो यह हो गया अब इसे हाल करेंगे या कौन से क्रम में आए तो यह होगा समांतर क्रम में तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा C बराबर सी वन प्लस सी तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 का मान है दो C2 का मान है एक C3 का मान है तीन तो कितना हो जाएगा सी बराबर दो एक तीन तीन छक्स्ट इस्ट्र, स्ट्रक्चर क्या बनेगा अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे अब इसका यहाँ पर क्या हो गया ए हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया ए बी के बीच तुल्य तो इसका, इसका मान चार तो अब यहाँ पर दो संधारित्र है श्रेणी क्रम में अगर कभी भी दो संधारित जुड़े हो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था हमेशा अधिकांश करके दो संधारित वाला पूछता है तो देखिए दो संधारित वाला कंपटीशन लेवल का एग्जाम है लेकिन आप लोगों के समझ में आ रहा है सोचिए तो आप पर आपके लिए छ चौक चौबीस अपान दस इसे काटेंगे दो इक्नम दो चार दो पंजे दस बारह बटा पांच इसका क्या हो जाएगा एंसवर हो जाएगा आसानी से एकदम दोस्तों एकदम आसानी से निकल गया तो आप लोग नोट कर लीजिए अब आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों अब हमारा चौथा सवाल है चौथे सवाल में छह संधारित्र रह तो पहले हम लोग छह बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छ अब यहां से क्या जुड़ा है दो इस प्रकार से इसका मान कितना है दो चार चार दो तीन A. फिर इसके बाद यहां से यहां पर फिर यहां से यहां पर यहां पर हो गया बी यहां पर हो गया ए तो दोस्तों अब आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग घर करते हैं तो यहाँ पर देखिये ए है तो यहां से ए धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहां पर हो जाएगा ए तथा तो यही धारा होते हुए यहां पर चली आएगी, तो यहां पर भी हो जाएगा ए अब यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर यहां पर धारा केवल यहीं तक प्रवाहित होगी और यहां पर केवल यहीं तक प्रवाहित होगी इसके और इसके बीच में नहीं हो तो यहां पर हम लोग अपने मन से कुछ मान लेते हैं जैसे मान लीजिए हमने माना है यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है सी तो यह धारा इस तार के माध्यम से होते हो यहां पर चली जाएगी यहाँ पर हो गया सी तथा फिर से इस तार के माध्यम से यहां पर चली जाएगी होगा तो सी और यहाँ पर बी धारा प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर सी यहाँ पर सी यहाँ पर ए सी ए अब यहाँ पर क्या करना है देखिए इस तार के बीच में किसी भी प्रकार का इस संधारित के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं किया गया है तो हमेशा अगर जिसमें दो खाली मिले जिसमें कनेक्शन ना हुआ हो इसे हम लोग काट देते हैं हमेशा जैसे बेहतर में अगर इस प्रकार का दिया हो तो हमेशा इसे काट देते हैं तो ऐसे ही इसमें अगर इस प्रकार से दिया रहता है तो हमेशा इसे काट देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है तो धारा ही प्रवाहित नहीं हो रहा है तो मान कैसे निकालेंगे तो यहाँ काट देंगे तो अब बचा क्या ये बचा, ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा तो अब आइए हम लोग बिंदु मानते हैं ए व बी हमेशा ए बी को सामने रखते हैं या हो गया ए या हो गया बी अब यहाँ पर सी लेते हैं, तो आप देखें क्या होगा ए एवं सी के बीच में एक संधारित यह हो गया फिर ए सी के बीच में एक संधारित फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पर समानता क्रम हो रहा है फिर ए सी के बीच में फिर से एक संधारित दोस्तों मैं यह क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया हूं सब मतलब मैं पढ़ाई करता हूं नीट के लेवल का नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो उसमें जो हमारा मॉड्यूल था उसमें इस प्रकार के सभी क्वेश्चन दिए हैं तो उस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको हल करा रहा हूं तो अब यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ए व सी के बीच की मान दो ए सी के बीच का मान चार ए व सी के बीच का मान चार अब क्या दिए सी व बी के बीच के इसे छोड़ देना इसमें किसी प्रकार कनेक्शन नहीं है तो सी व बी के बीच में एक हो जाएगा तो अंत में देखे दोस्तों इस प्रकार से बना थोड़ा इसे बड़ा बनाते हैं समझ में नहीं आ रहा होगा मान लीजिए यह हो गया ए या हो गया बी या हो गया सी अब समझ में आएगा ए व सी के बीच में छोटा हो जा रहा था समझ में नहीं आ रहा था और क्या है सी वी के बीच में ये हुआ अब यहां पर इसका मान दो इसका मान चार, चार और इसका मान एक दिया है तो दोस्तों देखिए यहां पर ये तीनों किसमें है समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सिव का मान बराबर क्या सी वन का मान दो प्लस चार, प्लस चार तो C बराबर कितना हो जाएगा 10 C बराबर क्या हो जाएगा 10 अब इसका मान है एक अब इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस, इस प्रकार से अब ये श्रेणी क्रम में यहाँ पर हो जाएगा V यहाँ पर हो जाएगा ए अब इसका मान कितना है इसका मान हो जाएगा 10 इसका मान एक तो देखिए दोस्तों फिर से वही रूल अप्लाई हो रहा है दो संधारित सीधा फार्मूला लगाएंगे दस गुड़े एक बटा दस प्लस एक बराबर दस बटा यारह तो इसका जो संधारित धारता हो गया वह हो गया दस बटा ग्यारह या हो गया इसका आंसर देखिए दोस्तों किस प्रकार से इतने हाई लेवल का क्वेश्चन सिर्फ मेथड के द्वारा आसानी से हल हो रहा है तो आप लोग इसे लिख लीजिए अब आइए हम लोग पांचवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो दोस्तों अब हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन क्या है पहले तीन संधारित किया है मान लीजिए यहां पर हो गया ए हो गया यहां से तीन संधारित जुड़ा है एक दो तीन यह हो गया बी अब यहां से एक संधारित जुड़ा है और यहां से एक संधारित जुड़ा है और फिर यहां से एक संधारित जुड़ा है बस अब देखिए दोस्तों हां पर यहां से कौन सी धारा प्रवाहित होगी तो यहां से एक धारा प्रवाहित होगी यहां पर ए प्रवाहित होगी फिर यहां पर जाकर के धारा रुक जाएगी यहां पर धारा आगे जा ही नहीं पाएगी क्योंकि बीच में गैप है तो हम लोग यहां पर मान लेंगे कुछ अपने मन से जैसे मान लीजिए हमने सी माना तो ऐसे ही यहां पर बी धारा प्रवाहित होगा और यहाँ पर धारा जा करके रुक जाएगी आगे जा ही नहीं पाएंगे तो हमने मान लिया यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है डी तो डी धारा यहाँ तक जाएगी बी धारा यहाँ तक आएगी सी धारा यहाँ तक जाएगी ए धारा यहाँ तक रहेगी बस हमें धारा के द्वारा मेथड को प्राप्त करना है तो आप इसमें कितने बिंदु मिले ए डी सी बी मतलब चार बिंदु मिले तो इसका क्वेश्चन ऐसे लगेगा यहाँ पर ए बी को हमेशा सामने रखते हैं या हो गया ए या हो गया बी हमेशा इसे सामने रखेंगे तो और यहां पर मान लेते हैं यहां पर हो गया सी और तो यहां पर हो गया डी तो यह हो गया डी आप देखिए ए व डी के बीच में एक डी तो ए व डी कहां पर हुआ यहां पर तो इसके बीच में एक शारी लगा देते हैं पहले इसका मान लिख ले लेते हैं इसका मान दो सी तो सबका दो सी है चलिए अब यहां पर ए अब डी और सी के बीच में देखिए एक है तो डी व सी के बीच में यहां पर एक संधारित हो गया देखिए बिंदु बनाने से सब कुछ आसान हो रहा है अब सी वी के बीच में एक है अच्छा यहां से लेकर के यहां तक के बीच में एक है फिर सी व बी के बीच में एक हो गया बस अब यहां पर देखिए ए व सी के बीच में एक है ए व सी के बीच में इसके बीच में एक है बस चार संधारित्र एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार अभी एक और है ए व डी के बीच में हुआ डी व सी के बीच में हुआ सी व बी के बीच में हुआ हा अभी एक यहां है के बीच में, यहां पर सबका मान टू सी टू सी टू सी टू सी टू सी दोस्तों आपको एक रूल याद आ रहा है इसी हमेशा कट कर देते हैं क्योंकि यह के क्रम में आ गया जैसे हमने यहाँ पर कट किया था सेम वही वाला तो सरस्ना बना वही सरस्ना है अब अब इसे कट कर देंगे आइए आगे हल करेंगे तो ये दोनों देखिए टू से टू से कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में तो हमेशा दो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे टू इंटू टू अपान तो चार बटा चार बराबर वन सी यही फार्मूला यहां पर दो ये दोनों श्रेणी क्रम में ना देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है ऐसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसे ये दोनों श्रेणी क्रम में फिर ये दोनों भी श्रेणी क्रम में क्योंकि देखिए इसका दूसरा सीधा पहला सीधा ये सीधा ए सीधे से जुड़ा है इसका दूसरा सीधा इसके पहले सिरे से जुड़ा है इसका दूसरा सिरा 20 से जुड़ा है ना तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए तो ऐसे ही इनको भी हम लोग हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो गुड़े दो अपान दो प्लस दो बराबर मिला इसका भी वंशी मिला तो अंत में अब ये दोनों क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे जुड़ करके तो क्या हो जाएंगे समानता क्रम में हो जाएंगे तो यहां पर बिंदु हो जाएगा ए यहां पर हो जाएगा बिंदु बी और यहां से संधारित इस प्रकार से इससे जुड़े रहेंगे इस प्रकार से इसका मान हुआ वन सी इसका मान हुआ वन सी तो अब सी बराबर फार्मूला हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो सी बराबर हो जाएगा सी वन का मान वन प्लस वन सी बराबर हो जाएगा टू सी या हो जाएगा इसका आंसर तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने एकदम आसानी से हल कर लिया मेथड के द्वारा आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा समझ में आया होगा तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत